चलो रास्ता तो बहुत लम्बा है अब क्या मैं कर रहा हूँ चलो कोई बात नहीं धीरे धीरे रास्ता कट जाएंगे रहे हैं। तो बोलते जाएं। हाँ चुनी, अब धीरे-धीरे चलते चलते घर रहा जाएंगे चलो अब घर पहुँच गए हम लोग हाँ हाई धूप कितना तेज था अगर मेरी कहानी अच्छी लगे हो तो तो मेरा सुनर को